निदी निदी निदी निदी एक बात सुबह मॉर्निंग में बचता था वो बात नहीं नहीं है आपने मॉर्निंग में बोला बोलो कुछ बोलो मैंने बोला कभी बस आप जब आया करो सुनो सुनो सुनो भाई मैं कल इतना बस एक बात हाल बोल आज रात के आया करो शायद देर हो जाए ना हमारा प्रॉब्लम है ठीक है मेरे को तो बोल भाई बोल जो भी करना अपने घर में कर सुनो हमारे लिए खुद बोलती बीवी सामने बाजू में सोए रहती किसी को डिस्टर्ब नहीं करना कितना बार बोला अब जो आज तक सीखा है इतनी लेके आए मैंने नहीं सॉरी सॉरी सॉरी भी बोला। मेरा मेरा बहुत है ना। आप आपके सुधर गए वो सुधर क्या वो सुधर गयी वो तो बोलती है ना बच्चे लोग बच्चे लोग भी उनको बोलते अब जानते मुँह लगा लगा कर इतना है बच्चे बच्चे लोग लोग सामने अभी लो। ये बात झाड़ू अगर तुमको कोई बोलेगा तो मेरे को बोल तो कितने अच्छे से नहीं अकेले है। कुछ भी होता था बराबर रहते। इनका भी मैं कभी नहीं बोली आप लोग आज इन्होंने बोले सबने बोले आई आप गली में में जाकर पूछ लो इनके बारे बताएंगे कि आई हो। हूँ पर क्या ये हम लोगों को मारेगी इसको मारेगी मेरे वो भी मत रखो हमने आपको स्केले में अभी बोलने आए फिर कौन मारेगा सो तो उसको ना कागरे सर्वे आपको मारेगा सर्वे मारेगा आगे घर पे खाने का नहीं ले पर गाड़ी न दिनों की अभी 3 से झगड़ा हुआ ना जिन्होंने बोली उनको एक गाड़ी तो दी गाली बोली वो बोली बोली बात कर रहे थे, थे, थे, थे सब इन्होंने सबको फेंक हाँ, दिया उधर पे वो जो आते ना हां ऐसा करता हूं अभी वो अभी हो गया बात तो कर तो हो तो गया ना काला तो अभी मैं बीच में जाऊंगा लड़ने को जा मेरे बच्चे बोलिए मेरे बच्चे की बोलियां कर दोगे चले कैसा कहे बोल ही देंगे ठीक है कोई ज्यादा झंझट नहीं आप लोग जिंदगी रहो जिंदगी अरे अरे सब लोग बाहर निकल गाली दे गाड़ी गलत ठीक है वो को तक गाड़ी मेरी बहन से मैं इसके